रिहाई तुझे मैंने मेरे ख्वाब से तेरे मेरे रास्ते जुदा है आज से ले लिया ये फैसला ले लिया ये फैसला दिल बड़ी मुश्किल से जा तुझे आजाद कर दिया मैंने अपने दिल से